हेलो आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े प्रधानमंत्री ये बात सुनकर मुझे सरप्राइज बेवकूफ और शुरू करते हैं अपनी खोज गूगल पर खोजा की दुनिया के सबसे मूर्ख प्रधानमंत्री और आता है। अब इनको मजा आएगा ये है मजा आएगी और मेरी जो मजा आए हिंदुस्तान के बेवकूफ या क्या इसकी भाषा खोजा और सबसे कठिया प्राणी है जो अपने आगे किसी की क्षमता और जीवन को अंधकार में लेकर चला जाता है वह अपने दिमाग को तो ज्यादा जिम्मेदार समझता है वह अपनी पहचान खुद तो बताता है मजा नहीं आ रहा कहाँ प्रधानमंत्री कहाँ ये कह पा चलो यार आज के लिए बस इतना ही मुझे नहीं बता खुद लाल रंग के बटन पे सबसे बेवकूफ़ प्रधानमंत्री मारो यार जिसने आर्टिकल को लिखा है उसे